गोल्डन वर्ग बाय साड़ी गुरुजी चंगे दर्शन हो रहे हैं बाद विच मैं तारियां वर्ग नज़र आवगा संगत वेगी जिन्नी मर्जी जगह बढ़ाए फिर भी कम पेगी एनी संगत बढ़ेगी गुरुजी जी कहते हैं बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी बाद में मैं तारों जैसा नज़र आवगा मंदिर में आने वाली संगत इतनी बड़ी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे किससे वो मिलना चाहते उसे वो खुद बुला लेते थे